करने वाले विक्रम बेदा के, टी टी के बारे में वेट कर रहे विक्रम बेदा मूवी देखने के लिए हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे है की आज रिलीज होगा कल रिलीज होगा ऐसे काफी सारे वीडियोज बन चुके हैं इसके ऊपर लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है और अब देखने को मिलेगा, लेकिन कितने तारीख को देखने को मिलेगा ये सारे इस वीडियो में कवर करेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक किया नहीं है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पक्की खबर मिलती है तो साथ में अब PS2 भी और PS2 का देखने को मिल जाएगा और फोटी टी और अदर अपडेट्स एंड स्क्रीन पर शो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की फोटी रिलीज अभी करंट रिपोर्ट के अनुसार आपको पक्का खबर है ये शेयर किया है जियो सिनेमा ने तो इस वजह से आपको प्रूफ भी दिखा दिखाने वाला हो साइड शो हो जाएगा और इसका स्क्रीन शो रिकॉर्डिंग है जो साइड वे शो हो जाएगा तो ये बताया जा रहा है आज से दो दिन बाद देखने को मिलेगा बारह मई को देखने को मिलेगा रिलीज तो थैंक यू वॉचिंग में वीडियो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और तब तक ले जाए बन्दे मात्र